गाइस क्या आप जानते हैं कि यदि आपके पास 10 डॉलर भी हैं और आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो आप अमेरिका के 15 प्रतिशत परिवारों से अधिक धनवान हैं। दरअसल अमेरिका में पैसा उधार लेना अक्सर एक लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि जब भी अमेरिका के लोग किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वो उस चीज को खरीदने के लिए अक्सर लोन लेते हैं जैसे की क्रेडिट कार्ड लोन एजुकेशन लोन पर्सनल लोन कार लोन इत्यादि और फेडरल रिजर्व ने बताया कि अमेरिका की बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और वो इन लोन्स के कारण नेगेटिव नेटवर्थ में है। एक 2021 CNBC रिपोर्ट के अनुसार औसत पर लगभग 90,000 डॉलर का कर्ज है गाइस क्या इससे पहले तक आप इस फैक्ट को जानते थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें